हे hey मीट करता हूँ की आप लोग ठीक होंगे वीडियो का तक जरूर देखेगा वीडियो में पासवर्ड दिया है इससे पहले भूखल राज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइबर करें वीडियो को लाइक करें यदि इस तरह के आपको पीएनजी गर्ल चाहिए तो कॉमेंट करके बतलाइएगा बहुत सारा आपको देंगे जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके बतलाइए चाहे व्हाट्सएप पर कॉमेंट कीजिए आपको दिया जाएगा भूखलराज इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो में पासपोर्ट दिया है स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए इस तरह का पीएनजी हम डाले हैं बीस गर्ल पीएनजी, एन भोजपुरी होगा और सभी प्रकार के एक ही साथ दिए हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइबर करिए और पासवर्ड स्क्रीन का व्हाट्सअप भेजिएगा व्हाट्सअप नंबर एब बॉक्स में मिल जाएगा यूट्यूब एबाउट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा उससे कांटेक्ट कर सकते हैं जय हिंद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं